जवान रहने का मतलब है आप सीखने और विकसित होने और जीवन के लिए खुले रहने को तैयार हैं। यूथ इज नॉट जस्ट अबाउट जवानी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैदा हुए और उम्र बढ़ती चली गई